बसमिल रहीम घर में ईद की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे उसका तरीक़ा क्या है किस जगह घर पर ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं किस जगह नहीं पढ़ सकते पूरी डिटेल्स के साथ एक एक मसला आपका इसी वीडियो में हल कर दूँगा जैसा कि आप फतह वातारखानिया में जिल नंबर दो सफ़ा नंबर छः सौ चार पर और अलाउसन में जल नंबर आठ सफ़ा नंबर एक सौ चौबीस खोल कर ये तमाम बातें आप देख सकते हैं आम हालात में आप ईदगाह न जाकर जहां ईद की नमाज आम तौर पर लोग पढ़ते हैं वहां पर न पढ़ के घर पे पढ़ेंगे ये सख्त मकरू है जायज़ ही नहीं है ऐसा करना आपके लिए ठीक है ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से घर पे ईद की नमाज़ की इजाज़त दी जा रही है वो भी चंद शराइत हैं उनके साथ वो क्या है सब तफसील से बताता हूँ आपको एक एक करके नंबर एक तनह आदमी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता जमात का होना ज़रूरी है जमात में भी इमाम के अलावा कम से कम तीन मक्तदी हों और वो मकतदी बालग भी हों और मर्द भी हों तब जा कर आप ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं घर पर और नंबर दो शहर का होना या फिनाए शहर का होना इसके बगैर आप ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते यानी इसको ऐसी इस दो तरीके से आपको समझा रहा हूँ ठीक है क्योंकि मसला मैं क्लियर करूँगा कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा ये जो मैं समझा रहा हूँ कि फ़िनाए शहर या शहर वो है क्या आप अगर ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपके लिए जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है जुमे की नमाज़ ज़रूरी है तो फिर आप वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं अब इसको दूसरे तरीके से कैसे समझिए अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपके गांव में जुमे की नमाज होती है मस्जिद में जुमे की नमाज़ अभी होती है नहीं अलग बात है लेकिन होती थी जुमे की नमाज़ हो रही है आपके गांव में ईद की नमाज आपके गांव में ईद की नमाज़ होती है तो ऐसी सूरत में आप उस जगह घर पे लॉकडाउन की वजह से घर पे भी इन शराइ के साथ जैसे मुख्त वगैरह के बाद मैंने जो है बताई आपको तो घर पर भी पढ़ सकते हैं अब समझिए इसको एक और चीज़ अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर जुमे की नमाज़ होती नहीं है और वहाँ पर जुमे के दिन आपके गांव में जहर की अज़ान भी होती है और जमात भी होती है इस सूरत में अगर आप उस गांव पे जो जो है ईद की नमाज अदा करेंगे तो आपकी ईद की नमाज बिल्कुल नहीं होगी उस ईद की नमाज का कोई एतबार नहीं होगा यहाँ पर एक और क्लियर कर दूँ मसला कि अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपके गाँव में जुमे की नमाज तो होती नहीं है लेकिन दूसरे गांव में होती है और आप लोग वहां पर जाकर जुमे की नमाज पढ़ते हैं जुमे से ताल्लुक़ है इसी तरह ईद के मौके पे भी आप लोग ईद के मौके पे दूसरे गांव पे जाके ईद की नमाज़ पढ़ लेते थे अपने गांव पे अपने महल्ले पे नहीं पढ़ते थे अब आपको इस सूरत में ये देखना है कि आपके गाँव में उस दिन जुम्मे के दिन क्या कोई जो है, जो है जोहर की नमाज जमात से पढ़ता है मस्जिद में अजान होती है अगर अजान होती है तो फिर आप ऐसे गाँव पे जो है ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते अगर अजान नहीं होती है जुमे के दिन आपके गांव में मस्जिद में ताला वगैरह डालकर मस्जिद में अज़ान भी नहीं होती है कोई जो है जोर जो जो की नमाज़ वगैरह नहीं होती है जमात से और आप सब चले जाते हैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए दूसरे गाँव पर तो इस सूरत में क्योंकि आप पर जुमे की नमाज फ़र्ज थी इसीलिए जुमे की शराइ भी वहाँ पर पाई जा रही थी इसीलिए जुमे की नमाज़ फ़र्ज थी लिहाजा आप पर ईद की नमाज़ भी ज़रूरी है इस सूरत में आप ईद की नमाज भी घर पे पढ़ सकते हैं ये पूरी तफसील है डिटेल्स है याद रखिएगा इतनी तफसील के साथ मुश्किल से जो है आपको कोई बताएगा क्योंकि पूरी डिटेल्स मैंने आपके सामने जिक्र किया है नंबर तीन वक्त के बाद आप ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं वक्त अगर नहीं हुआ है तो आप ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते वक्त कब है सूरज निकलने के पंद्रह बीस मिनट के बाद ईद की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है रहता कब तक है जवाल तक जब तक जहर की नमाज का टाइम शुरू नहीं होता है तब तक ये ईद की नमाज का टाइम बाकी रहता है उसके दरमियान दरमियान आप ईद की नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन ईद की नमाज के लिए बेहतर यह है कि सूरज निकलने के बाद जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश करें थोड़ा से वक्त रखें कि लोग आकर जुट जाएं या आम हालत की बात कह रहा हूँ वरना लॉकडाउन में सब अपने घर पे ही रहेंगे कोई कहीं नहीं जाएगा इस सूरत में जल्दी से जल्दी हो सके पढ़ने की कोशिश करें लेकिन लॉकडाउन है ऐसी सूरत में आपके इलाके में मस्जिद वगैरह में या ईदगाह में जब चंद आदमी नमाज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद आप घर पर ईद की नमाज़ पढ़ें तो ये आपके लिए बेहतर होगा वरना सूरज अगर निकल चुका है उसके बाद आप ईद की नमाज पढ़ रहे हैं उसके बाद तो फिर कोई बात नहीं है आपकी ईद की नमाज बिल्कुल हो जाएगी और नंबर चार ईद की नमाज के लिए अजान नहीं दी जाएगी इसी तरह अकामत भी नहीं है ईद की नमाज के लिए नंबर पाँच ईद की नमाज में नीयत करेंगे कैसे वो समझिए अगर आप इमाम हैं और एक चीज़ यहाँ पर नीयत के बारे में अरबी में कैसे नीयत करें उर्दू में नीयत कैसे करेंगे तरीका वगैरह पूरी तफसी डिटेल्स एक मुस्तकिल वीडियो है उस वीडियो में इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं ईद की नमाज की नियत कैसे करते हैं उस वीडियो में आपका यह मसला हल हो जाएगा अब यहाँ पर मैं मुख्तसर बता दूं असल नियत कहते हैं दिल में इरादा कर लेना दिल में आप किसी चीज को सोच लेते हैं वही आपकी नियत है आप कहीं पर थे दौड़ते दौड़ते आए हैं अल्लाह अकबर कहकर जमात में शरीक हो गई ईद की नमाज़ में आपकी नमाज हो गई क्योंकि आपके आने का मकसद था मैं ईद की नमाज़ पढ़ूंगा इमाम के पीछे पढ़ूंगा हो गई आपकी नमाज यही तो आपकी नीयत है इसी को नियत कहते हैं तो यही है नियत अगर इमाम है वो दिल में इरादा करे कि मैं नमाज पढ़ा रहा हूं ईद की नमाज अगर उर्दू में अल्फा अदा करेगा इस तरह कह सकता है कि मैं ईद की वाजिब नमाज छः जायद तकबीरत के साथ पढ़ा रहा हूं अल्लाह के वास्ते मेरा रुख क़ शरीफ़ की तरफ अल्लाहफ अकबर इमाम नीयत इस तरह करे अगर मुक्तदी है इमाम के पीछे पड़ रहा है तो इस तरह नियत करें कि मैं इमाम के पीछे दो रकात ईद की वाजिब नमाज छह जायद तकबीरात के साथ तबले की तरफ रुख करके अल्लाह के वास्ते पढ़ रहा हूँ अल्लाह अकबर बिल्कुल उसकी नमाज शुरू हो जाएगी कोई बात नहीं हाँ एक और मसला अगर इमाम के साथ साथ औरतें भी शामिल हैं मुक्तियों में इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे औरतें भी हैं फिर इमाम के लिए ये इरादा करना कि मैं औरतों को भी नमाज पढ़ा रहा हूँ दिल में सिर्फ सोच लेगा ये ज़रूरी है अगर उसको पता ही नहीं है इमाम को जानता ही नहीं है इमाम पीछे औरतें हैं वो बस नमाज पढ़ा दिया अब किसी भी औरतों की एक भी औरतों की मर्द वगैरह सबकी नमाज हो गई लेकिन औरतें जो पीछे हैं किसी की भी नमाज नहीं होगी इसीलिए औरत की नीयत करना इमाम के लिए ज़रूरी है ठीक है ये मसला बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि लॉकडाउन है ठीक है घर में ईद की नमाज पढ़ रहे हैं घर की जो औरतें हैं ये जो घर में पढ़ेंगे मैं बता रहा हूं इस सूरत में इतना ख्याल रखिए आपके घर के अलावा आस पड़ोस के आदमी आपके घर को न आए क्यों अगर आएंगे तो फिर लॉकडाउन का फायदा क्या रहा जब आप एक जगह दो दस बीस आदमी जमा होके दो चार घर वाले जमा होके पढ़ सकते हैं तो फिर ईदगाह में भी पढ़ सकते थे तो फिर लॉकडाउन से क्या फायदा मिलेगा आपको इसीलिए आप एक जगह जमाने हो अगर आपके घर में इतने आदमी हैं तो फिर ईद की नमाज पढ़िए वरना आपके लिए ईद की नमाज़ जरूरी नहीं है लॉकडाउन की वजह से कोई बात नहीं कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको अगर आपके घर में नहीं है तो मत पढ़िए हाँ अगर आपके घर में इतने आदमी हैं तो फिर पढ़ सकते हैं आस पड़ोस के आदमी को बिल्कुल मत बुलाइएगा ठीक है उसके साथ एक और चीज़ अगर घर की औरतें उस जमात में शामिल हो रही हैं फिर बिल्कुल जायज़ है शामिल हो सकती हैं बीच में पर्दा वगैरह लगा दीजिए अगर सब के सब मतलब वहीं जो घर की औरतें हैं माँ बहन हैं यानी सब के सब महरम है कोई गैर महरम नहीं है अब पर्दे की बीच ज़रूरत नहीं अगर कोई गैर महरम है तो फिर पर्दा लगा दीजिए इसीलिए मर्द की सब बनाएंगे उसके पीछे जो है पर्दा लगा के फिर औरतों की सब बना दीजिए इस तरह आप नमाज़ पढ़ा सकते हैं हाँ ये क्लियर कर दो मसला यहाँ पर बहुत ज़रूरी है वो जो औरतें शामिल होंगी वो घर की औरतें आपके आस पड़ोस की औरतें अगर शामिल हो जाएंगी तो फिर याद रखिए नए घर की औरतें शामिल होना जायज़ होगा ना एक बाहर की औरतें सबके लिए नाजायज क्यों इसलिए कि जब पड़ोस की औरत आके आपके घर पे नमाज पढ़ सकती है तो, तो फिर मस्जिद जाना उसके लिए और जायज़ हो जाएगा जबकि मस्जिद जाना उसके लिए जायज़ नहीं है औरत के लिए नमाज के लिए नमाज पढ़ने के लिए तो फिर क्या मस्जिद से पाक जगह तुम्हारे तुम्हारा घर है इसीलिए आस पड़ोस की औरतें बिल्कुल शामिल नहीं होनी चाहिए आपके घर के बिल्कुल घर को लग कर भी किसी का घर हो वो औरत भी आपके घर में नमाज में शामिल न हो वो अपनी नमाज अलग पढ़े हां अगर आपके ही घर की औरतें शामिल होती हैं तो फिर आप शामिल कर सकते हैं पूरी डिटेल्स जिक्र कर रहा हूं ठीक है उसके बाद नियत करने के बाद आप नमाज पढ़ेंगे इमाम कैसे पढ़ाएगा मुख्तदी कैसे पढ़ेंगे वो बताता जाता हूं उसके बाद अल्लाह अकबर कह लेंगे नियत के बाद हाथ बांध लेंगे हाथ बांधने के बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे आहिस्ता से पढ़ेंगे आप भी आहिस्ता से सना पढ़िएगा और सना पढ़ने के बाद अब जो है अगर आपके सना पढ़ने से पहले इमाम साहब सना पढ़ के शुरू कर देते हैं तो आप सना छोड़ दीजिए कोई बात नहीं है ठीक है जितना पढ़ लेंगे उतनी तो तो तो छोड़ दीजिए अगर आप सना मुकम्मल पढ़ चुके हैं कोई बात नहीं मुकम्मल पढ़िए उसके बाद सना पढ़ के मुकमल करने के बाद पहली रकात में इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाएंगे कान तक छोड़ देंगे इसी तरह आप भी अल्लाह अकबर कह कर हाथ उठाए छोड़ दीजिए यहाँ पर ये गलती करते हैं कि सिर्फ हाथ उठाकर छोड़ देते हैं मुक्तदी इमाम तो कहते हैं अल्लाह अकबर जोर से इमाम जोर से अल्लाह अकबर कहते, है। अल्ला कहते हैं लेकिन मुक्तदी अल्लाह अकबर कहते नहीं है बिल्कुल आहिस्ता से कहते नहीं है मुख्त को ज़ोर से कहना नहीं है आहिस्ता कहना है लेकिन वह आहिस्ता से भी नहीं कहते कितनी बड़ी गलती है जबकि ऐसी हालत में नमाज़ सख्त मकरू होगी याद रखिए क्योंकि जायद तकबीर का कहना वाजिब है इमाम के लिए भी मुक्तदी के लिए भी इसीलिए आप भी इमाम के साथ साथ अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाएंगे कहेंगे आहिस् से मुक्तदी और हाथ छोड़ देंगे फिर उसके बाद दूसरी मरतबा थोड़ी देर के बाद फिर कितनी देर रुकेंगे बस दो चार सेकेंड रुकेंगे ज़्यादा देर ठहरना नहीं है फिर उसके बाद उठाएंगे अल्लाह अकबर हाथ उठाएँगे फिर छोड़ देंगे दो मरतबा तकबीर कह चुके हैं हाथ उठाकर छोड़ चुके हैं तीसरी मरतबा अल्ला अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे आप भी बांध लेंगे इमाम साहब भी बांध लेंगे उसके बाद इमाम साहब जो है आऊद बिल्लात रजीम बिमिल्लाम पढ़ेंगे आहिस्ता से पढ़ेंगे अब मुख्त जो है उसके बाद बिल्कुल चुपचाप रहेगा कुछ भी नहीं पड़ेगा एक भी जुमला नहीं पड़ेगा पूरी किरात तक खामोश रहेगा ऐसे ही चुपचाप आउज बिल्ला भी नहीं पड़ेगा बिस्मिल्लाह भी नहीं पड़ेगा इमाम के पीछे पढ़ने वाला और जो इमाम है वो तो अवज बिल्ला बिमिल्ला पढ़ेंगे लेकिन आहिस्ता पढ़ेंगे उसके बाद इमाम साहब ज़ोर से किरात शुरू करेंगे अलहमद ला रबीआलमीन ज़ोर से पढ़ना शुरू करेंगे अलहमदशरीफ़ मुकम्मल करेंगे उसके बाद इमाम साहब जैसे ही मुकम्मल हो जाए आमीन आहिस्ता से कहेंगे गरील मकदूबी आलिता कहने के बाद आमीन कहेंगे इमाम साहब भी आमीन कहेंगे आप भी इमाम के पीछे आमीन कहेंगे लेकिन आहिस्ता से आमीन कहेंगे ज़ोर से नहीं कहेंगे उसके बाद फिर आप चुप हो जाएंगे इमाम साहब फिर बस्मिल्ल रहीम पढ़ेंगे और आहिस्ता से पढ़ेंगे उसके बाद फिर बिसमिल्ला पढ़ने के बाद कोई भी सूरह मिलाएंगे कोई भी सूरत याद हो वो पढ़ेंगे आपको कोई भी सूरा याद है छोटी सी सूरा याद है कुल वाला वहद याद है इन्ना आतोना याद है वसर याद है कोई भी सूरा आप जो जानते हैं आप उसको पढ़ेंगे कोई मुतना तौर पे कि यही सूरा पढ़ना ज़रूरी है वाजिब है फ़र्ज है ईद की नमाज़ में ऐसी कोई बात नहीं है जो सूरा आपको याद है आप पढ़ सकते हैं उसके बाद शूर मुकम्मल करने के बाद रुकू को जाएँगे रुकू में आप भी जाएंगे और जिस तरह आम एतबार से नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही रुकू करेंगे रुकू से उठेंगे सजदे को जाएंगे दो सजदा करेंगे उसके बाद खड़े हो जाएंगे लेकिन आप जो रुकू और सजदे में तस्वी है वो आप तस्वी जरूर पढ़िएगा सुन्नत है आपके लिए पढ़ना लेकिन आहिस्ता पढ़िएगा इमाम भी आहिस्ता पढ़ेंगे आप भी आहिस्त पढ़ेंगे तो ये ख्याल रखना है अब दू, दूसरा सजदा करने के बाद पहली रक़ात में सीधे खड़े हो जाएंगे अल्ला अकबर कहते हुए आप भी खड़े हो जाएंगे इमाम के पीछे पीछे उसके बाद इमाम साहब अब जो है डायरेक्ट बिमिल रहीम रुछ्म पढ़ेंगे आहिस्ता से आउज़ बिल्ला नहीं पढ़ेंगे सना भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो दूसरी रक़त है सना और आउज़ बिल्ला पहली रक़त के लिए दूसरी रक़ात के लिए नहीं है तो इमाम साहब जो है अब पढ़ेंगे बिस्मिल्ल रिम वो भी आहिस् उसके बाद फिर ज़ोर से शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अलहमद ला रबिलमीन रहीम चलेगी फिर शुरू कर देंगे फिर आलमदशरीफ़ मुकम्मल करेंगे वही आमीन का मसला ऐसा ही आएगा फिर सूरा मिलाएंगे अब सूरत जब मुकम्मल हो जाएगी सूरा पढ़ लेंगे कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं कोई भी सूरा दूसरी रकात में भी लेकिन इतना ख्याल रहे एक शूर जो आप पहली रकात में पढ़े हुए थे उस शूर के बाद जो शूर है एक सूर उसके बाद वाली छोड़ एक शूरह न पढ़िए यानी एक सूरत पहली रकात में जो पढ़े हैं उसके बाद में एक सूरत छोड़कर पढ़ेंगे ये आपके लिए मकरू है दो सूरा छोड़ सकते हैं बीच में तीन सूरा चार छह छा छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं लेकिन बीच में एक सूरत छोड़कर पढ़ना दूसरी रकात में मकरू है इसी तरह अगर आप पढ़ रहे हैं उल्टा यानी आप पहली रकात में जो सूरा पढ़े हुए थे उससे पहले वाली सूरा पढ़ रहे हैं कुरान को उल्टी तरफ से लेके जा रहे हैं यानी आगे पढ़ने के बजाय आप पीछे से पढ़ रहे हैं दूसरी रकात में इस हालत में भी ये मकरू है जान के अनजाने में हो जाए तो कोई बात नहीं आपकी नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन जानबूझकर ऐसे कुरान का उल्टा पढ़ना नमाज़ में ये मकरू हो जाएगी और अगर आपको तरतीब आ जाए तो आप तरतीब से पढ़ लीजिए यह बेहतर है जो आप सूरा पढ़ें उसके बाद जो सूरत है वो शूरा पढ़ लीजिए कोई बात नहीं वरना आप कोई और भी शुरा पढ़ सकते हैं लेकिन इन दोनों मसले का ख्याल रखना है एक शूरा बीच में नहीं छूटे और उल्टा नहीं हो कुरान ठीक है उसके बाद अब जब दूसरी रकात में रात मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हुए ज़ोर से अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे एक तकबीर हुई आप भी ऐसे ही करेंगे जैसे पहले रकात में आप किए हुए थे फिर दूसरी रकात में फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ कान तक उठाएंगे और छोड़ देंगे आप भी ऐसे करिएगा कितनी तकबीर हुई दूसरी रकात में दो तकबीर फिर तीसरी मरतबा तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर हाथ उठाएंगे कान तक छोड़ देंगे फिर उसके बाद चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर कहेंगे अब उसमें हाथ नहीं उठाएंगे बगैर हाथ उठाए सिर्फ अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे क्यों हाथ नहीं उठाएंगे इसलिए नहीं उठाएंगे ये जो अल्लाह अकबर कहना है ये रुकू के जाने के लिए है वो तकबीर जो जाये तकबीर है वो नहीं है रुकू की तकबीर है लिहाजा रुकू की तकबीर में बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए आपको रुकू में जाना है आपको भी और इमाम साहब को भी उसके बाद फिर रुकू ऐसे ही करिएगा जैसे करते हैं आमतौर पर फिर सजदा करिएगा आमतौर पर जैसे करते हैं उसके बाद बैठ जाइएगा दो रकत आपको नमाज पढ़नी है ठीक है उसके बाद दो रकात जब आपकी मुकम्मल होगी जो दो सजा करके बैठेंगे उसमें आप भी अतहयात पढ़िएगा इमाम भी अतहयात पढ़ेंगे आप भी और फिर उसके बाद इमाम साहब दुरू शरीफ पढ़ेंगे दुआए मासूरा पढ़ेंगे आप भी दुरू शरीफ पढ़ेंगे दुआए मासूरा पढ़ेंगे फिर सलाम फेर देंगे यहां पर कुछ ज़रूरी बातें वो बताता हूँ आपको बहुत अहम है वो क्या है वो ये है कि अगर आप अत्यात मुकम्मल अभी किए नहीं है तशुद सिर्फ तशुद तो इससे इसको मुकम्मल करने से पहले पहले अगर इमाम साहब सलाम फेर देते हैं आपके लिए ज़रूरी है आप इसको पहले मुकम्मल करेंगे फिर सलाम फेरेंगे लेकिन अगर आप तशुद मुकम्मल कर चुके हैं अतहियात मुकम्मल पढ़ चुके थे उसके बाद दुरू शरीफ पढ़ रहे थे इमाम साहब सलाम फेर दिए या दुरू शरीफ भी मुकम्मल करके दुआ पढ़ रहे थे इमाम साहब सलाम फेर दीजिए फेर देते हैं ऐसी सूरत में अब आपके लिए उसको मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है उसी हालत में जितना पढ़े थे वहीं पर छोड़िए और इमाम के साथ सलाम फेर दीजिए इमाम से पहले सलाम नहीं फेरना है इमाम साहब दाहिनी तरफ सलाम फेरेंगे असलम र्ल कहते हुए आप भी ये कहते हुए सलाम फेर दीजिए फिर बाएँ तरफ फिर आप भी बाई तरफ सलाम फेर दीजिए उसके बाद जब ये आप इसको मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद आपको दुआ करना है ठीक है दुआ कैसे करेंगे इमाम साहब भी दुआ करेंगे हाथ उठाकर जैसे आमतौर पर नमाज के बाद करते हैं आप भी हाथ उठाकर दुआ करेंगे ये दुआ मुख्तसर करेंगे लंबी दुआ नहीं करेंगे मुख्तर दो चार मिनट दुआ करके फिर उसके बाद खुतबा शुरू करेंगे खुतबा देंगे खुतबे का तरीका क्या है पूरी तफसील से एक वीडियो मुस्तकिल मेरी इसी चैनल पर मौजूद है आप उसको देख सकते हैं नहीं आई होगी तो आ जाएगी इन शो अब खुतबा देंगे खुतबे में देखिए मेंबर का होना यह ज़रूरी नहीं है लेकिन बेहतर है सुन्नत है इसीलिए इसको मत छोड़ना सुन्नत पर कैसे करेंगे मेंबर तो आपके घर में नहीं है आप क्या करेंगे ऐसी सूरत में कोई ऊंची सी चीज़ रख दीजिए कुछ ईंटें रख दीजिए कुछ लकड़ी वगैरह रख दीजिए या कुछ स्टूल वगैरह चेयर वगैरह कुछ रख दीजिए ताकि उसके ऊपर खड़े होकर खुदबा दे दें वह आपका जो ऊँची चीज़ होगी वह आप जो ऊंचा सामान आपका होगा वह आपका मेम्बर बन जाएगा तीन सीढ़ी का होना तीन जीने का होना मेम्बर पर यह भी जरूरी नहीं है हाँ अगर है तो अच्छी बात है नहीं है तो कोई बात नहीं है कोई ऊंची चीज़ रखकर आप खुतबा दे सकते हैं तो अब खुतबा देंगे दो खुतबा देंगे दोनों खुतबे के दरमियान बैठेंगे और खुतबे में इतना जो है देखिए ये ईद का खुतबा है ये ज़रूरी नहीं है बगैर खुतबे के भी आपकी ईद की, की नमाज़ हो जाएगी लेकिन जुमे की नमाज बगैर खुतबे के नहीं होगी इसीलिए ईद की, की नमाज़ अगर आप खुतबा नहीं देते हैं तब भी हो जाएगी लेकिन ईद का खुतबा देना सुन्नत है अगर छोड़ेंगे तो फिर बहुत गलत होगा क्यों इसलिए कि हदीस में आता है मन रग़बान सुन्नती फ़लई सामी अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया जो मेरी सुन्नत से आराज करे हट जाए वो जो है हम में से नहीं मुसलमानों में से नहीं है कितनी सख्त व ईद है इसी उसको चाहिए आपको चाहिए कि आप सुन्नत को भी हल्के में मत लें और न छोड़ें ऐसी सूरत में आप खुतबा ज़रूर दिया करें अगर आपको खुतबा याद नहीं है देख दे दीजिए किताबें मौजूद हैं आप देख कर दे सकते हैं या अभी भी वक्त है याद कर लीजिए उसको याद करके आप खुदबा दे सकते हैं अगर वो खुदबा आपको नहीं मालूम आप नहीं दे सकते हैं याद नहीं हो पा रहा है ऐसी सूरत में आप पहले खुदबे में अलमदुशरीफ़ पढ़ दीजिए और दुरू शरीफ पढ़ दीजिए कोई भी दुरू नमाज जो पे जो आमतौर पर दुरू शरीफ पढ़ते हैं वही दुरू पढ़ दीजिए कोई बात नहीं है और दूसरे खुतबे में दो एक खुतबा देकर थोड़ी देर बैठेंगे फिर खड़े हो जाएंगे दूसरे खुतबे के लिए अब जो दूसरा खुतबा देंगे दूसरे खुतबे में आप फिर से दोबारा वही अलमद शरीफ पढ़ दीजिए और कोई सुरह पढ़ दीजिए कुल्हल्लाद है कोई सूरा कोई भी सूरा खुतबे में भी आप उसको पढ़ दीजिए उसके बाद आप कोई दुआ याद है दुआ भी पढ़ दीजिए जैसे या फिर कलमा याद है अशदअल्लाहम्मसूल यह कह दीजिए या फिर आप, आप अगर खुदबे में यह कहना चाहेंगे कोई दुआ आपको याद हैतना फिर दुनिया हसन वफिलात हसना वकीन आदा बनार बिल्कुल कह सकते हैं कोई बात नहीं इसी तरह आपको अगर आप पढ़ना चाहते हैं दूसरे खुदबे में वो भी पढ़ सकते हैं ये खुदबे का तरीका मैंने बताया वरना तफसील के साथ एक वीडियो मेरी मौजूद है तो उसके बाद खुदबा देकर दो खुदबा देकर बैठ जाएंगे अब कोई दुआ नहीं है आपने सब अपने घर चलेंगे यानी अपने घर पर ही तो है लेकिन अब नमाज आपकी मुकम्मल हो गई है खुदबा भी मुकम्मल हो गया अब जो है खुदबे के बाद दुआ नहीं है दुआ जो है नमाज के बाद ठीक है पूरी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने मैंने बयान किया याद रखिएगा एक एक जुज इसी वीडियो में आपका हल हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें क्योंकि मैंने बहुत तहकीक करने के बाद एक एक मसला चुन-चुन कर आपके सामने जिक्र किया है अल्लाह ताला हमें अमल की अता फरमाए। सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं मीज हमारे साथ व्हाट्सअप आरोप जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिखकर मेरे व्हाट्सअप नंबर एट को मैसेज करें